देखी क्या मेरे को अरे नहीं देखा अरे बोलना मेरे को देखी नहीं? हाँ मैंने तो देखा पर उसने नहीं देखा तू तो किस खुशी में खुश हो होगा मैं क्यों खुश होऊंगा? क्योंकि उसने मेरे को देखा नहीं मैं ऐसा क्यों करेगा मेरे को सब समझता है उसने पलट के नहीं देखा भाई इतनी बुरी खबर इतने चटकारे लेते हुए सुना पर अपने दिमाग में आया नहीं था आ, दिमाग आ, में क्यूँ आता उससे मेरा घर बच जाता तू मामा बन सकता था ए फोड हो गया है चले क्या तो जानेगा हाँ तो ये सब ले लिया ना कुछ बजाने चलने ना। माल निकलते हैं। हाँ। कुछ बोला तो बहुत मस्ती चढ़ रही है ना म, मैं हाँ? कौन सी मस्ती किया मैं काम मन, लग के हूं और तेरे को मन का लगा के करता हूँ मन कहाँ लगा हुआ है फिर भी जीत करता रहते हैं जाते है जाते चल अभी जाता हूँ नहीं रुकने का मेरे को जब जाते है ना बात सुन मैं समझ गया तेरे को जितनी देर रुकने तो रुक जा मैं तो रुकूंगा मैं रुकूंगा तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा की नहीं देखी क्या अरे वाह बर्तन को ये हैं? दो बार घसती है फिर एक बार तेरे को देखती ठीक है हम्म हम्म सच कुछ है मेरा दिल रखने के लिए खाली फुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना <laughs> तू सही <laughs> अबे <अभी है? laughs> इतनी <laughs> जल्दी सच काई को बोल दिया मेरी दो पल की खुशी भी देखी नहीं जाती क्या माथा खपाने से अच्छा उसके पास ही देख लेगी ऐसा क्यों कर रहे प्यार में भिगारी बन जाऊंगा तू गए चल अ था आखिरी बार झाड़ी मार देख के बता मेरे को देख रही है सच बोलू की झूठ बोल